वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन की क्लास लेकर के आया हुआ हूँ जो कि है कैलीपर्स अब हम देखेंगे कि कैलीपर्स कितने टाइप्स के होते हैं कैलीपर्स हमारे टू टाइप्स के हैं इनसाइड साइड कैलीपर आउटसाइड कैलीपर्स अब हम आपको यहाँ पे कैलीपर्स दिखाएंगे ये हमारे जो कैलीपर्स है नॉर्मल दो पत्तियों के द्वारा बना होता है ये जो हमारा कैलीपर से कोई स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर है ये जो है हमारी एक्सटर्नल नाप, नापता है, है, है। इसी तरीके से ये हमारा कैलिपर है, ये हमारा हमारा इनसाइड आउटसाइड अब हम देखेंगे कार इसका कार्य क्या होता है ये हमारा किसी भी गोल जॉब का डायमी चेक करने के लिए यूज किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये मार्कर लिया हुआ है और लेथ तो मशीन में जो नहीं आता है हम इसके द्वारा किसी भी चीज का डाया लेते हैं और उसके बाद में स्टील रोल की सहायता करते हैं अब हम देखेंगे इस साइज में उपलब्ध होते हैं ये पचहत्तर एम एम सौ एम एम जेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है इसके को हार्ड यहा रि डायरेक्ट रिट होता है जिसे हम कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मल वे से और ये जो स्प्रिंग ज्वाइंट है कम-ज़्यादा एडजस्ट एडजस्ट करने के लिए यहां पर एक नट लगा रहता है, है हम हम कर लेते हैं। और अब देखेंगे कि मेटल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारा है? ये हमारा जो टाइप्स में, किस किस के आधार पे होता है फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट ज्वाइंट किया जाता है इसका बाहरी डाय चेक करने के लिए किया जाता है तथा इंटरनल डायर चेक करने के लिए किया जाता है इस तरीके से पहली के बारे में आज मैंने आपको बता दिया है ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो